بعد من بسم الله الرحمن لقد رسول لمن नमदून रसूल करीमल फ़ी रसूल व मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों अजीज़ साथियों रसूल सल्हलम ने ज़िंदगी के हर शोबे में जो तलीमत और हदायात हमें दी ہیں और आपने जो कुछ भी करके दिखाया है सिखाया है इसी का नाम सुनत है सुनत की क्या अहमियत है इसकी क्या कदल कीमत है दुनिया और आखिरत में इसका क्या फ़ायदा है इसके ताल्लुक़ से हमारा अमल कैसा है इन सब चीज़ों के बारे में आज मुख्तर तौर पर चंद बातें जिक्र करेंगे तो सबसे पहली चीज़ समझ लेना चाहिए कि सिर्फ़ रसूल सल्ल वसम की जान पर ही ईमान लाना काफ़ी नहीं है बल्कि आपकी शरीय और सुनत को अपनाना भी हमारे लिए ज़रूरी है अल्लाह की तरफ़ से याद रखें जो रसूल या नबी भेजा जाता है उस पर सिर्फ़ ईमान ले आना हमारे लिए काफ़ी नहीं है बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए वो जो तरीका ले आता है जो कानून ले आता है दस्तूर ले आता है तहजीब लेकर आता है तमुद्दन तमुद्दन लेकर आता है दुनिया के सारे तरीक़े को छोड़कर सिर्फ उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी होता है और जो आदमी ऐसा नहीं करता है इसके अपोज़िट करता है उसे समझ लेना चाहिए कि महज दिल से ईमान ले आना मुकम्मल नजात के लिए काफ़ी नहीं है कुरान करीम में अल्लाह खुद फरमाते हैं कि हमने कोई रसूल सिवा किसी और मकसद के लिए नहीं भेजा अल्लाह के हुक्म से उसकी इतात की जाए इसी तरीके से दूसरी चीज़ है रसूल सल्ला वसलम की ज़िंदगी तमाम मुसलमानों के लिए नमूना है रसूल सल्ला वसलम की पाकिजा ज़िंदगी आपकी तलीमत तमाम मुसलमानों के लिए नमूना और आइडियल है इस दुनिया में उनसे बेहतर ना कोई नमूना है और ना हो सकता खुद अल्लाह ने इसकी वजाहत कुरान करीब में फरमा दी है लक़द कानकम फ़ीर रसोल्लास्वतनतलमन का नज्ला आख़िर व्ला के फ़ीरा हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए रसोल्ला सल्ला वसम की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना मौजूद है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से और योम आखिरत से उम्मीद रखता हो और कसरत से जिक्र करता हो इसी तरीके से तीसरी चीज़ है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके बरामद किया वही जन्नत में जाएगा एक, एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने इनकार किया अर्ज़ किया गया रसूलुल्लाह इनकार करने वाले कौन लोग हैं आपने फ़रमाया जिसने मेरी इतात और फरमाबरदारी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया हदीस का मतलब ये है कि जो आदमी हजूर सल्ला वम की सन्नत से मुँह मोड़ेगा आपकी नाफरमानी करेगा आपके बताए हुए तरीके से हट कर ज़िंदगी गुजारेगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा गोया उसने अपने बुरा से ख़ुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दिया और जिसने आप सल्ला वसल्म की शरीय और सन्नत को अपनाया आपके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी आपके हुक्मों पर चलेगा वही जन्नत में जाएगा तो आज हम ये सोचें कि हम कितना रसोल्ला सल्ल् वल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना ही हमारा मुआरह सुन्नतों के ऊपर ना ही हमारे निकाह बिया न शादी उसमें भी कितनी रस्में कुछ भी नहीं सुन्नतों के तरीके पर ना ही हमारा कोई लेन देन और भी बहुत सारी चीज़ें ना ही हमारा जीना हो रहा है और ना ही हमारा मरना हो रहा है फिर इसी तरीके से गैरों की जो इम्पोर्ट हुई और भी दूसरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आज हमारे मुशरे में कल्चर में भरी पड़ी हुई हैं अगर मैं बात करूँ रस्मों और कस्मों की तो इंसान जब पैदा हो रहा है तो उसके साथ ना जाने गैरों की कितनी रस्में और कस्में अपनाई जा रही हैं और जब मर रहा है मरने के बाद दफन होने के बाद उसके साथ किस तरीके से रस्में करी जा रही हैं कहीं फातिहा के नाम पर किस तरह रस्मों से धूम मचाया जा रहा है कोहराम मचाया जा रहा दसवा होता है होता है होता है होता ज़ोरदार से खाना चलता है सभी लोग खाना खाते हैं मैं ये नहीं कहता देखो फातिहा का तरीका बिल्कुल गलत है फातिहा बिल्कुल इस तरीके से करना ग़लत है और ना ही हम ये कहते हैं कि फ़ातहा गलत है बल्कि जो आज तरीका अपनाया जा रहा है जो आज उसमें रस्में और कस्में हो रही हैं वो चीज़ बिल्कुल सरासर गलत है फातिहा देखो एक गैरों का तरीका है हिंदुओं में जब कोई आदमी मर जाता तो उसकी तिरहही होती है तो उस तिरहई में पंडितों को बुलाया जाता है मंतर वंतर पढ़वाए जाते हैं खान सामने क्या होता है खाना वगैरह रखा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें फिर उसके बाद एक ज़ोरदार से खाना चलता है सभी लोग उसमें खाना खाते हैं बिल्कुल वही चीज़ आज सेम हमने अपने कल्चर में अपना ली हमने आज अपने माशरे में उसको इस्लाम बना दिया कि अगर तुमने किसी की फात नहीं करी तो आपने उस माँ बाप का हक नहीं अदा करा आज हम आज हम जो है ना ये तरह तरह की बातें अपने कल्चर में करते हैं लोगों को ताना देते हैं जिसने फातहा नहीं कर अपने माँ बाप की तो मेरे भाई हम जो कहते हैं कि आज जो फ़ातहा का तरीका वो सरासर गलत इसलिए है कि एक तो भीड़ भड़ावा उसमें रस्में कसमें दूसरी चीज़ आज जो फातहा हो रही है वो कर्ज़ों और सूद ब्याज पर पैसा ले लेकर फातहा लोग करवा रहे हैं फिर इसी तरीके से जो खाना चल रहा है ऐसाले सवाब के लिए वो कौन खा रहे हैं रिश्तेदार खा रहे हैं गरीबों के बजाय रिश्तेदार खुद खा रहे हैं उस खाने को तो मेरे भाई ये तरीक़ा बिल्कुल ग़ैरों हमें जो क़ानून मिला दस्तूर मिला तहजीब मिला है उन तरीक़े के मुताबिक नहीं है और जो लोग ये ताना देते हैं ना ताना देने की वजह से वो फातहा दरूद करवाते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि ज़माने की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो ये वो लोग हैं जो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर ख़रीदते हैं और बाद में नमक लगाकर खाते हैं तो प्लीज़ इन सारी रस्मों और कस्बों से बचें क्या हम माँ बाप के हुकूक हैं वो बहुत से लोगों को नहीं पता है बहुत से लोगों को नहीं पता है मरने के बाद जो हुकूक हमें मिलता है वो ये मिलता है तोबा इस्तफार करें हम अपने माँ बाप के लिए उनके जो बचे कुछ रिश्तेदार हैं उनकी इज़्ज़त करें उनकी क़बर की ज़्यादत करें ये सारे कोई काम नहीं करता बस महज खाली दस और बीस और तीस करवा के हम ये सोचते हैं हमने अपने माँ बाप का हक़ अदा कर दिया बिल्कुल ऐसा मत सोचें मेरे भाई ये गलत तरीका है फ़ातहा बिल्कुल चुपचाप करवाएँ कोई भीड़ भाड़ नहीं और महज दिल से होनी चाहिए नियत से होनी चाहिए आप खुद करें फा दें लोगों को ना बुलवाएँ अब इसी तरीके से दूसरी रस्म में कसमें आज हम देख लें हम गैरों का तरीका कितना इख्तियार करे पड़े हैं आज हमारा लेन देन बिजनेस हमारा कैसा हो रहा आज अगर कोई गैर मुस्लिम अपनी दुकान पर लिखवाता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा तो इधर अगर कोई किसी मुसलमान की दुकान होती है तो वो भी फ़ौर अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगा देता है नो रिटर्न नो एक्सेस क्या मतलब ना माल वापस ना बदला जाएगा जबकि इधर अल्लाह के रसूल कहते हैं जिसने माल वापस बदल कर ले लिया अल्लाह उसके सारे गुना माफ़ कर देता है तो सोचो हम कौन सी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि किन अयामों को हम नबी के तरीके पर अपने काटें कब काट रहे हैं अपने नबी के तरीके पर बिल्कुल पूरी की पूरी ज़िंदगी हमारी ख़त्म होती चली जा रही है हमारी जिंदगियों में कहीं भी सुन्नतों का मामूल है ही नहीं हमारे शादी ब्याहों ने उसमें माशा बस खाली निकाह पड़ा जा रहा वो सुन्नत और जो छुआरे तकसीम हो रहे हैं वो भी सुनत उसके अलावा बेधड़े बेज़ोरों शोरों से खाना चलता है किस कदर उसकी बर्बादी होती है और लोग किस बदतमीज़ी से खाना खाते हैं कितनी गुंडागर्दी होती है तो मेरे भाई इन सब तरीक़ों से हमें बचना अपनी ज़िंदगी को नबी के तरीक़े पर गुजारना है इसी तरीके से अब आज क्या इकतीस दिसंबर है आज की रात जो होती ना उसमें देखो कितना ज़ोर शोर होता है और अजीब बात तो यह कि उसमें मुसलमान भारी तादाद में शिरकत करते हैं खुशी मनाते हैं क्या ये ख़ुशी मनाना सही है गैरों का तरीका इख्तियार करना कि हमारे लिए सही है बिल्कुल नहीं और फिर खुशी मनाने की कोई लॉजिक बनती ही नहीं हैप्पी है न्यू ईयर की बनती है ज़रा आप ख़ुद अकल से सोचें कैसे बनती है एक इंसान है जिसको हुकूमत ने मतलब बादशाह ने यह कह दिया हो कि अब आपको दूसरे साल यानी सन 2024 में फांसा फांसी पर लटकना आपको अपने जुर्म की वजह से अब इसी दरमियान में 31 दिसंबर आती है और 1 जनवरी आती नई साल की और कोई उसके पास जाता हो बताता कि आज तो नई साल है अब क्या वो इंसान खुश होगा बल्कि नहीं वो ये कहेगा मैं कैसे खुश हूँ मेरी एक साल की ज़िंदगी कम हो गई है अभी हमें चौबीस में लटकना है तो अब हमारी तेईस कम हो गई अब हमारी एक साल की ज़िंदगी बच गई है तो बिल्कुल इसी तरीके से हम मेरे भाई सोचें हर इंसान की ज़िंदगी कम हो गई एक साल की खुशी किस बात पर मनाए खुशी तो इंसान मनाता फ्यूचर के बारे में पास्ट को देखकर कभी भी इंसान खुशी नहीं मनाता तो इसलिए मेरे भाई हम क्यों खुशी मनाएं ये गैरों का तरीक़ा है उनको मनाने दें वो जो कर रहे हैं उसको करने दें ये कितनी बेहयाई वाली रात होती है इस रात में ना जाने क्या क्या काम होते हैं ज़मीन पर कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो इस रात में ना किया जाता हो यही वो रात है मुसलमानों जिसमें बेहयाई खुलेआम की जाती है यही वो रात है जिसमें जिना के अड्डे सजाए जाते हैं यही वो रात है जिसमें बहुत से लोग अपना ईमान बेच देते हैं यही वो रात है जिसमें खुले आम और चर्सी और गंजेरी भी पहली बार लोग बनते हैं यही वो रात है जिसमें बेहयाई बेशर्मी की हद पार कर दी जाती है अफसोस तो आज ये है कि हम मुसलमान भी इस रात को बड़े ज़ोर शोरों के साथ मनाते हैं दुबई जैसे अरब के जो बड़े बड़े ममालिक हैं दुबई जैसे शहर में भी हैप्पी न्यू ईयर का कितना ज़ोर शोर होता है मेरे भाई ये इस्लाम का कोई कल्चर नहीं है नबी का कोई तरीक़ा नहीं है गैरों का कोई भी तरीका अपनाया जाए नबी कहते हैं जिसने गैरों का तरीका इख्तियार किया मन मनतशब्ब हैबोमिन फ़ोमिन जो जिस कौम से मुशाबा रखता है अल्लाह उसका हशर भी उसी के साथ करेगा तो अफसोस ये है कि आज बहुत से मुसलमान इसी रात को नए साल का जश्न मनाते हैं सेलिब्रेट सिल्बरे, करते हैं तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि एक बार इस रात को जश्न मनाने से पहले अपनी क़ब्र की अंधेरी रात को ज़रूर याद कर लें मेरे भाई जब नई साल आने वाली है हमारी एक साल की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है हमें पेन और डायरी लेकर बैठ जाना चाहिए हमें सोचना और समझना चाहिए कि हमने इस साल में कितने अच्छे काम किए हैं और कितने बुरे काम किए हैं अगर अच्छे काम किए हैं तो हम सोचें कि और इससे इस साल में और भी ज़्यादा अच्छे काम करेंगे और अगर बुरे काम किएँ तो फिर उसमें हमारी शर्मिंदगी होनी चाहिए माफी तलाफी होनी चाहिए और आइंदा से अच्छे काम करने का इरादा होना चाहिए बल्कि ये नहीं है कि हमें कोई सेलिब्रेट करना तो इस तरीके से हम पैगाम देना चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान इस रात को अपना ईमान न खो बैठे कोई भी पार्टी वार्टी किसी को नहीं देना वो उनका तरीका वो अगर मना रहे हैं उनको मनाने दो अगर मैं उनकी मिसाल देना चाहूं, तो वो ऐसे हैं जैसे उनकी आँख नहीं है उनके हाथ नहीं है उनके पैर नहीं है उनका दिल नहीं है सब कुछ ख़त्म है तो वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग तो अक्लमंद इंसान हैं हम लोगों के पास हाथ भी है आंखें भी हैं सोचने समझने वाला दिमाग भी है हम फिर क्यों उस तरीके को उसमें मतलब सेलिब्रेट करें और हैप्पी न्यू ईयर मनाया पटाके बटाखे छोड़ें क्यों जोर शोर मचाएं यह हमारा कोई तरीका नहीं है तो प्लीज़ इस रात से बचें बेहयाई वाली रात से सभी मुसलमानों को भी बचाना है मिन भाई आज गैरों का तरीका हमारी रग रग में बसा हुआ हर एक एक चीज़ में यह आपल वसम की पेशन गोई कि कोई यहूदी अगर गो की सुराख में भी घुसने की कोशिश करेगा तो मुसलमान भी उसमें घुसेगा आज बिल्कुल वही से लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर कोई यहूदी आज अगर अपनी नाक कटवा ले तो आज क्या करें मुसलमान भी अपनी नाक कटवाने लगेंगे तो मेरे भाई हमें उन लोगों का तरीका छोड़ देना क्योंकि उनके पास कोई कानून नहीं है इस्लाम ही पूरा मज़हबः या यू लदीन आमनूफ वसलम कहाफ़ा ईमान वालों दाखिल हो जाओ इस्लाम सलामती के साथ क्योंकि इस्लाम के पास सारी चीज़ें हैं सारे क़ानून हैं दस्तूर हैं तहज़ीब है उसका अपना एक कल्चर है अपना नया कल्चर है वो क्यों गर्मों का तरीका इख्तियार करने देगा और जो करेगा उसका हशर भी उसी के ही साथ होगा तो मेरे भाई आपली वम की सन्नत को अपनाया जाए हमारे माशरे में सन्नत को अपनाया जाए हमारा मुआरह कैसे सन्नतों पर आएगा इन सब चीज़ों की फ़िक्र हमें करना ही करना है मैं एक वाक्य छोटा सा सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आज से कई सौ वर्ष पहले राबिया बसरिया अल्लाह की एक वलिया और नेक नेकबंदी इबादत गुजार गुजरी हैं परहेजगा गुज़री हैं एक मरतबा की बात है कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो देखता है कि राबा बसरिया की बकरियाँ और जंगल के शेर एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं तो वो शख्स देखकर हैरान से होकर पूछता है राबिया बसरिया से कि आपकी बकरी ने और जंगल के शेर ने कब से दोस्ती कर ली है राबिया बसरिया कहती हैं जब से मैंने अल्लाह के साथ दोस्ती कर ली है तो इसी तरह एक मर्तबा की बात है कि राबिया बसरिया आप एक मर्तबा दरिया के किनारे पर पहुँची तो क्या देखती हैं कि अपने ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हजरत हसन बसरी रमतल आरिया में मुसल्ह बिछा कर नमाज़ पढ़ना है दरिया में मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ना है तो उन बुजुर्गों को देखकर राबिया बसरिया ने भी अपना मसल हवा में बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी नमाज से फालू हुए तो हजरत हसन बसरी रहा से पूछा हजरत हसन आपने अगर दरिया में मसल्ह बिछाकर नमाज़ पढ़ ली तो इसमें क्या कमाल कर दिया मछलियाँ भी पानी में तैरती हैं अगर मैंने हवा में मसल्ह बिछा नमाज़ पढ़ ली तो इसमें मेरा क्या कमाल है मच्छर और मक्खी भी तो हवा में ही उड़ते हैं उन्होंने कहा हसन कमाल बुजुर्गी बुज़र्गीहार करामत का नाम नहीं है बुजुर्गी बुज़र्गीहार करामत का नाम नहीं है बुजुर्गी तो वो है जो रसूल खुदा की फरमा बरदारी करे हकीकत में रसूल खुदा की ताद और फरमा का ही नाम बुजुर्गी है भली वो है जो रसूल खुदा की पैरवी करे आपकी सुन्नतों का ख़्याल करे। देखो मेरे पास सिर्फ़ एक ही चीज़ है कुरान और रसूल सल्लिव वसम की सुनत गुमराही और अख्तलाफा से बचने का जो आज जरिया है हमारे पास सिर्फ यही है आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो फितने और अख्तलाफा का दौर है इस भयानक दौर में जो आदमी इतलाफात फितनों और बेदीनी और गुमराही से बचना चाहता है उसे कुरान करीम की हिदायत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थामे रखना चाहिए और इन्हीं पर आमन करना चाहिए रसोल्ला सल्ला वल्लम ने ख़ुद फरमाया मैं दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूँ एक कुर करीम दूसरी रसूल सल्ल् वल्लम की सन्नत एक दूसरी हदीस में पूरी उम्मत को नसीहत करते हुए आपली वम ने फ़रमाया मैं तुमको वसीयत करता हूँ अल्लाह से डरने और उसका हुक्म सुनने की चाहे वो कोई हर ग़ुलाम ही क्यों ना इसलिए कि जो मेरे पास ज़िंदा रहेगा वो बड़े बड़े अख्लाफ़ देखेगा ऐसी हालत में तुम अपने ऊपर मेरे तरीके हिदायत याफ़्त खुल्फा राशद के तरीक़े को मजबूती से थामे रहना पकड़े रहना कभी भी गुमराह नहीं हो तो यही हमारे पास चीज़ है तो मैंने भाई रसूल सल्ला वसलम की सन्नतों पर हम कैसे अमल करें एक अगर आज जो हम लोग सोचते हैं न वो यही सोचते हैं कि इस बिगाड़ और फसाद वाले माहौल में इन सुन्नतों पर अमल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है याद रखना जो ऐसे वक्त में सुन्नतों पर अमल करेगा अल्लाह उसको शहीद का सवाब देगा तो प्लीज़ हमारी बात यहीं तक ख़त्म होती है हम कहना यही चाहते हैं कि हम अपने कानून पर आ जाएँ हमें जो निराल और पाकिज़ा तरीका मिला एक अनोखा उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी कैसे रह गुजर करें बसर करें और अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को अपना तरीक़ा यानी आपकी सन्नतों पर चलने वाला बनाए और अपनाने वाला बनाए और दीन की सही समझ अतः फरमाएँ बाखिर अलहमदुल्ल